विजय राघवगढ़ इलाके में एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है कटनी के विजय राघवगढ़ थाना के झिड़िया मोड़ पर बड़ा सड़क हादसा हो गया यहां एक तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को पीछे से टक्कर मार दी टक्कर इतनी जबरदस्त थी की तीनों काफी दूर तक घिसटते हुए चले गए जिसमे एक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए और एक घायल ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया एक घायल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है ये लोग कंपनी काम में जा रहे थे तीन लोग के बाइक में और ए, ए, बस से भिड़े हैं। पांडे बस है वो झिरिया साइड से आ रही थी वो बस। क्या नाम है इनका? उम्र पैतालीस घायल हुए हैं दो लोग खत्म हो गए हैं और ए, गंभीर एक गंभीर रूप से घायल है कौन कौन खत्म हुए क्या नाम वो ए, एक का हेमलाल केवट नाम है और ए, दूसरे का ये चंदू केवट आप कौन है निके? ये मैं इनका भतीजा हूँ क्या नाम है आपका ना?